हेलो दोस्तों पहले आप इस वीडियो को देखिए अब आप इस वीडियो को देखिए दोनों वीडियो की क्वालिटी के अंदर काफ़ी फर्क नज़र आ रहा है और ऐसा लगता है कि दूसरे वाली वीडियो की के कैमरा की क्वालिटी काफ़ी अच्छी है लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है जो डिफरेंस है वो है विजिबिलिटी का और वो एनवायरनमेंट के अंदर पहले वाली वीडियो के अंदर एयर के अंदर काफ़ी पोल्यूटेंट्स हैं डेट मींस एयर पोल्यूशन काफ़ी ज़्यादा है जिसकी वजह से उसकी विजिबिलिटी बहुत ही कम हो गई है इंडिया में विजिबिलिटी काफ़ी कम रहती है जबकि दूसरे देशों के अंदर विजिबिलिटी काफ़ी ज़्यादा रहती है एयर के अंदर ये पोल्यूटेंट्स डिफाइन करते हैं ए को मीन्स एयर क्वालिटी इंडेक्स ये जितना ज़्यादा हाई होगा उतने ही एयर के अंदर पोल्यूटेंट्स काफ़ी ज़्यादा मिलेंगे और उतनी ही विजिबिलिटी कम होगी यानी कि हम कम दूरी तक देख पाएंगे और हमें सब कुछ धुंधला धुंधला सा दिखेगा जबकि एयर क्वालिटी इंडेक्स कम होने पर यानी कि एयर के अंदर पोल्यूटेंट्स कम होने पर आसमान बिल्कुल नीला और स्वच्छ दिखाई देता है और हम बहुत ही दूर तक देख सकते हैं करीब पचास किलोमीटर तक भी यूरोपियन देशों में और इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के अंदर मौसम काफ़ी साफ़ रहता है जिसकी वजह से वहां पर काफ़ी क्लियर वीडियोस आपको दिखाई देती हैं एक इंडिया के अंदर होने वाले क्रिकेट मैच के दौरान आप वीडियो क्वालिटी देखिए और एक ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के अंदर होने वाले क्रिकेट मैच के दौरान वीडियो आप जब देखते हैं तो आपको फर्क साफ नजर आता है यह कैमरे क्वालिटी का फर्क नहीं यह एयर क्वालिटी का फर्क है तो आइए समझते हैं ये एक क्या है और भारत में यह किन किन स्टेट्स या किन किन रीजन्स के अंदर सबसे ज्यादा रहता है एक यूआई का सीधा सा मतलब है पोल्यूटेंट्स की मात्रा कौन कौन से पोल्यूटेंट्स? पी एम टेन पी एम टू पॉइंट पर्टिकुलर मेट्रेट्स और टेन मीन उनका डायमीटर इन माइक्रोन कहीं पी एम टू का मतलब है ऐसे पर्टिकुलर मेट्रेट्स यानी कि हवा के अंदर सस्पेंडेड ऐसे पार्टिकल्स जिनका डायमीटर 2.5 पॉइंट या उससे कम है उसके अलावा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड ओजोन ओ कार्बन मोनऑक्साइड सल्फर डाइऑक्साइड अमोनिया क्यू आई को मापने का स्केल अलग अलग देशों में अलग अलग है इंडिया में इसे 0 से 500 के स्केल में मापा जाता है जितना ज़्यादा ए क्या इंडेक्स यानी कि ए क्या वाई नंबर उतना ही ज़्यादा पोल्यूटेड एयर इस स्केल की सहायता से आप समझ सकते हैं कि ए के इंडेक्स होने से किस किस तरीके की प्रॉब्लम्स आ सकती है जीरो से पचास काफ़ी अच्छा माना जाता है और इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती पचास से सौ भी सेटिस्फैक्ट्री रहता है और इसमें भी कोई प्रॉब्लम नजर नहीं आती जबकि सौ से दो सौ के बीच में होने पर कुछ बच्चे या कुछ गुर्दों के लिए यह हानिकारक हो सकता है जिन्हें सांस की समस्या है दो से तीन के ऊपर जाने के ऊपर ये काफ़ी ख़राब होता जाता है और एक नॉर्मल व्यक्ति को भी ये प्रभावित कर सकता है 300 से 400 के बीच में बहुत ही बुरा माना जाता है और इसके अंदर आउटडोर एक्टिविटीज़ यानी कि रनिंग जॉगिंग करना बिल्कुल अच्छा नहीं रहता जबकि 400 से ऊपर जाने के कारण ये हजारडियस हो जाता है और इसमें सांस लेना भी बहुत ही मुश्किल होता है और ये हमारे लंग्स को काफ़ी बुरे तरीके से प्रभावित करता है इंडिया खासकर दिल्ली के आसपास के इलाके जैसे पंजाब हरियाणा यूपी इनके अंदर एक्यूआई काफ़ी ज़्यादा रहता है अगर हम पूरे साल का एवरेज निकालें तो यह लगभग 300 के आसपास रहेगा जो कि बहुत ही खतरनाक है और इस एनवायरनमेंट में काफ़ी लंबे समय तक रहने के कारण हमारे फेफड़े बहुत ही बुरे तरीके से प्रभावित होते हैं और सांस लेने की समस्याएँ जन्म ले लेती हैं इस मैप के जरिए आप इंडिया के ए के वाई इंडेक्स को समझ सकते हैं कि कहां पर यह ज़्यादा है और कहां पर कम जितना ज़्यादा ये येल्लो और रेड होता जाता है उतनी ही एयर क्वालिटी वहां पर ख़राब आकी गई है एयर के अंदर ये पोल्यूटेंस इंक्रीज होने की तीन मेन वजह है पहली वजह है नंबर ऑफ ऑटोमोबाइल्स जिनकी संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है और उनसे निकलने वाले धुएँ और उन उठने वाली धूल जो कि पर्टिकुलर मेट्रेट्स 2.5 पॉइंट फाइव और टेन्स की कंसनट्रेशन को बढ़ाती है सेकेंड इंडस्ट्रियल पोल्यूशन नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज हमारे पास इंक्रीज हो रही हैं जिसकी वजह से भी ये बढ़ता जा रहा है नंबर थ्री एग्रीकल्चर वेस्टेज को चलाना और इन सब को इफ़ेक्ट करता है एयर स्पीड यानी कि विंड स्पीड जो कि समुंदर से जितनी ज़्यादा डिस्टेंस होने पर उतनी ही कम होती जाती है हालाँकि यह है, ईयर वाइज भी वेरी करती है जैसा कि आप इस ग्राफ में देख सकते हो अक्टूबर नवंबर, दिसंबर के दौरान एयर क्वालिटी सॉरी विंड स्पीड काफ़ी कम रहती है जिसकी वजह से वहां पर जितने भी पर्टिकुलर मेट्रेड्स और अदर पोल्यूटेंट्स होते हैं वो वहां से मूव नहीं कर पाते और वहीं के वहीं इकट्ठे होते जाते हैं जिसकी वजह से आप देख सकते हो कि नवम्बर के महीनों में विजिबिलिटी हमारी बहुत ही कम रहती है और सब जगह धुआँ धुआँ ही दिखाई देता है तो अगर आप अपनी सेहत को स्वच्छ रखना चाहते हो तो एक यू आई को कम से कम रखने के लिए आप प्रयास कर सकते हो पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करें एग्रीकल्चर वेस्ट को ना जलाएं ना जलाए देने तो जहाँ तक अगर हो सके तो सड़कों व आम रास्ते को जितना स्वच्छ हो सके उतना स्वच्छ रखने के लिए कोशिश करें सरकार की तरफ से या खुद एक की वाई से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन या सुझाव हो वो आप कमेंट करके बता सकते हैं थैंक यू